चुराई मेरी किसने ओ सनम हो चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने हो दिल में मेरे रहने वाली कौन है तू है तू है लिबाट जब हम मिले हाथों में हाथ जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या किसने जाना है मेरे हम सफल एक जरा गुजरात सुनसदाय देर ही है मंज प्यार की अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहा जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम जिसके लिए मरता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा चाहे तुम्हें किसका दर मेरा दिल तुमको नहीं है पता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 तो दिल से हाँ On the way. Ah ha ha ha ha ha. क्या अपना दिले में खरा मेरे दिले में खरा तू ही बता कुछ होता हो चांदनी जब रात देता है हर कोई साथ जाया करो नजर लग जाए सबकी नजर में न आया करो नजर लग जाए. को किसी हो शिश जा जो हो गया, आँखें जो तेरी देखी हो गया। गले लगा लो ना लगी वो ना वो दे लो तो जानू गुरु तुम तो मानो रो ये भी वादा है। दो गौरव की है दिल की कहानी या है या है मोहब्बत है मोहबतिया दो गौरव की है की कहानी या है या है मोहब्बत यह मोहबतिया ला, ला, ला। से प्यार करते झाकुर से साजन, मेरे साजन। तुम पास आए यू मुस्े तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। हो चाँदनी जब रात देता है हर कोई साथ लाख तू तो हिंकार सजना है ये प्यार सजना है ये प्यार सजना तुझे देखा तो ये सनम प्यार होता है दीवाना सनम यहाँ से कहा जाए हम I keep on. सपने बूंद बूंद नूंद मुंद, कैसे मैं चलूं देखना रास तू रास्ते? जान रासतेसा को एक तरह एक तरह जसा हुआ सुबह अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्ला, ऐसा हुआ बातें ये कभी ना तो भूलना कोई ही तेरे खातिर है जी रहा जाए तू कहीं भी ये सोचना खातिर है जीरा चूजा जाए महबूज हो तू जहा जाए महबूज हो दिल मेरा माग बस ये दुआ बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खाते जब भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज घुसती हूँ हवा की जैसे चलता है तुम मैं रिद जैसे तड़पे पहले से ही क्या उसे तडबाना तड़पाना उजालमाजाल हाँ। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना उजालमाजालते हाँ। मरहबा बाते मरहबा सो मर्दबा दिल मेरा तेरे इश्क का निशाना हुआ जिसकी हर धड़कन तू से दिल को क्या धड़काना उजालमाजाल तो तो तो की बूंदी तू तो जाने किसे ढूँढे किसोया जाए ना किसोया जाए न किसे ये ख्वाहिशों की बूंदी किसोया जाए ना किसोया जाए ना मानो मानू इंदिया पिरो जाएना, जाएना। मानू निंदिया पिरो जायना चल छा छो